बिसम अस्सलाम वालेकुम पाक मदर व्लोक के नए ब्लॉग के साथ हाज़र हैं और आज के ब्लॉग में हम फिर एक नए एक विलेज के साथ हाजिर हैं और एक नया गांव आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें नेक्स्ट जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताके इससे हमें इंक्रेजमेंट मिले आप सब देख रहे होंगे कि गांव का नज़ारा बहुत ही दिलकश है और दिल लुभाने वाला है बादल आए हुए हैं और ज़बरदस्त बारिश होने वाली है क्योंकि ये हालात तो बता रहे हैं बादल जो हैं वो बड़े ही गहरे आए हुए हैं आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आइकन को दबा लिया होगा और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हासिल ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग तक हमें इजाज़त दें हमें भी अपने याद रखिएगा रखिएगा